नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोशाल मक्खी चैनल पर तो भाई कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए तो हमारी जो फौज है उतर चुकी है फैक्ट्री के पास गुफा है जहाँ पर वहाँ पर हमको मिल जाते हैं जो एम पी नाइन और एक बंदा झूले पर है उसको जमे देते हैं लेकिन हमारा साथी जो है वो चुरा लेता है तो भाई हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और यहाँ पर आई बटन होगा जहाँ पर मैप बना है वहाँ पर दूसरे वीडियो हैं पबजी के यदि आपको देखना हो तो वहाँ लिंक पर दबा दीजिए आप सीधे वीडियो पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर तीन चार स्क्वाडें आई थी जिनको हमारी स्क्वाड ने ख़त्म कर दिया है लगभग मेरा चिकन खाने का बहुत मन ही कर रहा था आज देखो चिकन खा पाते हैं नहीं खा पाते हैं ये तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा तो यहाँ पर जितनी भी इस्वाडें हैं उनको फिनिश कर दिया जाता है हमारी लड़ाके टीम के द्वारा तो आप दूसरी जगह से एक फायर आ रहा था वहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कुछ बंदे आए हैं दुश्मन मेरे उनको भी पेड़ के रामपाल बनाना है तो एक बंदा मेरा खुद गया है उसको बहुत जल्दी थी दुश्मनों को मारने की तो यहाँ पर देखिए एक स्क्वाड थी पहले से और तो ये बंदा सामने आ गया इसको भी पेड़ पाल रामपाल बना दिया जाता और आगे से एक बहुत ज़बरदस्त समय डैमेज देता है एक बंदा जो कि पता नहीं कहाँ छिपा होता है हमारी टीम नहीं देख पाती है तो हम सब लोग जीप में बैठ करके के यहाँ से घूम कर आते हैं और यहाँ पर जो सेंट्रल रोड है उसके पास जो है घर वहीं पर आ जाते हैं झूले के पास एक बंदा है झूले पर मैं इसके ऊपर नेट करता हूँ नेट से मेरे कुछ तो कुछ तो डैमेज हो जाता है और फिर हमारे दोस्त जो हमारे लड़ाके हैं वो मेरा ये भी चुरा लेते हैं और बचता है बंदा केवल और इसी सेड में एक गोडाउन में बंदा है जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया है वो बहुत परेशान था हेल्प हेल्प चला रहा था मैंने सोचा उसको हेल्प दे दी जाए पहले तो मैंने उसको हेल्प दिया हमारे पड़ोसी ने तुरंत सिगरेट जला दी है और फिर अब चलते हैं उस बंदे कुमार ने जिसने हमारे टीम को किया था तो स्मोक बहुत ज़्यादा सिगरेट बहुत ज़्यादा जल चुकी हैं उसमें कुछ दिख नहीं रहा है एक ही बंदा बचा है और ये आएगा किधर से ही ये आ गया और इस प्रकार ये चिकन हो गया मेरा